अब सेलिब्रिटीज बन चुके हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं नंबर टेन पर है, पी से को, जी हाँ, ये वही है जो अपनी उल्टी सीधी हरकतों से आपको हंसाता है अगर आप इनके फॉलोअर नहीं है तब भी कभी न कभी YouTube या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल करते हुए आपने इनका वीडियो जरूर देखा होगा